ओम मनुज्व मारुत तोल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतांष्ठम वातात्म बानरयुथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरण प्रपद्य हनुमान जी के श्रीचरणों का ध्यान करते हुए मैं ज्योतिर्विदासिश पांडे दिनांक 30 जुलाई का दैनिक राशिफल आप सभी के सम्म प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल हमारा जो है चन्म राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्तम जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्तम नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है देखिए जन्म राशि की ज़्यादा प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन आप सभी के सुविधा के लिए कई लोगों को अपनी जन्म राशि नहीं पता इसलिए इन दोनों विधियों पर अब हम जो है फल लेकर के आप सभी के सम्म आते हैं दर्शकों 10 से 12 तारीख दिल्ली में रहेंगे और 17, 18 तारीख को पटना में हमारा आगमन है और आप सभी इच्छुक दर्शक जो कोई भी हमसे मिलना चाहते हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख्त उत्तरायण चल रहा है और इस समय ग्रीष्म ऋतु है कृष्ण पक्ष की जो तिथि श्रावण मास कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी त्रयोदशी तिथि रहेगी चौदह मिनट तक की अर्थात दो मिनट तक की तदउपरांत चतुर्दशी तिथि रहेगी त्रियोदशी तिथि में हमने आपको पूर्व में बताया था कि बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए ना ही किसी को दान करना चाहिए और त्रय जो है जो चतुर्दशी तिथि है चतुर्दशी तिथि में शहद की जो है मनाही होती है सेवन करने की तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा नक्षत्र जो रहेगा ये आद्रा रहेगा इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा योग रहेगा हर्षण इसके उपरांत व्रज योग रहेगा करण रहेगा गर्भ इसके उपरांत वरिज और अंत में मिष्टिकरण रहेगा जो चंद्रदेव आज चलायमान रहेंगे ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर पैंतालीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर सत्तावन मिनट पर राहुकाल की यदि हम बात करें तो मंगलवार के दिन का जो राहु काल होता है दोपहर तो तीन बजे से साढ़े बजे के बीच राहु काल होता है तो आप लोगों को राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करना होगा यदि हम शुभ कार्यों के करने की बात बताएं तो प्रयास ये करिएगा कि आप लोग ग्यारह मिनट से लेकर के और बारह मिनट के मध्य किसी भी शुभ कार्यों को कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों मंगलवार की यदि हम दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा की ओर का दिशा होता है आप सभी लोग सावधान रहिएगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा एवॉइड करिएगा यदि बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ गई यात्रा करने की तो गुड़ का सेवन और जल का सेवन करके तब यात्रा करिएगा मेत्र राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो घर के बाहर के खाने से आज आपको परहेज करना है जी हाँ यदि आप होटल में जाते हैं खाना खाते हैं जंक फूड वगैरह का सेवन करते हैं तो इससे आपको बचना अन्यथा आज आपको पेट संबंधी कोई शिकायत आ सकती है ऑफिस में अपने विरोधी के षडयंत्र से आपको सावधान रहना है आज आपका खर्च बहुत अधिक होगा घर के छोटे सदस्यों के साथ बच्चों के साथ और आपके छोटे भाई बहने तो उनके साथ अधिक वक्त बिताएँ उनको आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत रहेगी इसके साथ साथ आज कार्यक्षेत्र पर कुछ आपके मन में तनाव बना हुआ रहेगा स्वास्थ्य एवरेज रहेगा रहेगा आपको आज उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर प्रयास करिएगा कि आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हनुमान जी को बेसन से जो है चढ़ा हुआ कोई मिठाई आपको चढ़ानी ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो वृषभ राशि के जातकों आज का राशिफल अर्थात तीस जुलाई का राशिफल क्या कहता है तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है आज आपके कोई नए प्रेम संबंध स्थापित होते हुए नज़र आ रहे हैं किसी बिछड़े हुए प्रेमी से आज आपका मिलन हो सकता है दिन भर आज आपके मन में उमंग और उत्साह बना रहेगा कुछ असमंजस के कारण आज आपके मुनाफे के रास्ते में कुछ अड़चने आ सकती है अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं आज इनकम कम रहेगी खर्च अधिक रहेगा इसके साथ उच्च शिक्षा के लिए जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं प्रयास करिए आप लोग जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रयास ये करिएगा कि शिवलिंग पर आपको बिल्वपत्र चढ़ाना है लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि बिल्वपत्र चढ़ाने से पहले बिल्बपत्र की डंडी तोड़ लीजिएगा और चंदन से उस पर आप लोगों को श्रीम लिखना रहेगा तीनों पत्ती पर श्रीम लिखना रहेगा और उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रयोग है शुभ कलर आपके लिए आज रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात दर्शकों आप लोग प्लीज़ चैनल को देखें सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी जो है नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप सभी तक पहुंच सके मिथुन राशि के जातकों आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का दिन रहेगा हालाँकि चंद्रदेव आपकी राशि में ही चलायमान है आसपास के लोगों से बेहदबाजी से न, मत तो जो है उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है दूसरों की मदद से आज आपके दिल में बड़ा सुकून होगा आज, आज आप लोग यात्राओं का योग बन रहा है और लंबी दूरी की यात्राएं आज आप तो करते हुए नजर आएंगे आज पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है आपका बजट असंतुलित होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सुंदर का पाठ और हनुमान जी को खोए से बनी हुई कोई मिठाई चढ़ाइए आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कर्क राशि के जात को आज का दिन आपके लिए सामान्य जो है परिणाम देने वाला है ईमानदारी से जो आपने रिश्ते बनाए आ रहे हैं उनका आज, आज आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे आज भाग्य का आपको प्रॉपर साथ मिलेगा इनकम के कोई नए जरिए आपको मिलते हुए नजर आएंगे कर्क राशि के जात को धन संबंधी मामलों में आज आपको विजय हासिल होगी यदि आपने पूर्व में किसी को पैसा दिया है आज आपको वापस मिलता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिए शिवलिंग पर जल में काला तिल डाल करके ओम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन सिंह राशि जुलाई का राशि तो का प्राप्त होता हुआ नजर आएगा किसी नए रोजगार का सृजन सिंह राशि के जातकों को आज होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर के साथ आज आप कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं आज, आज आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में अचानक से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है आपकी इज्जत बढ़ेगी संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो चली आ रही चिंताएं थी उसको आज जो है खत्म करने का दिन है इसके साथ आज आपको धन संबंधी अच्छे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑफिस में उच्चाधिकारी आज आपको कोई नया पद दे सकते हैं कोई नया एक्स्ट्रिय जिम्मेदारी आज, आज आपको मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज हनुमान जी को जो है आपको दूध से बनी हुई कोई बर्फ़ी आपको चढ़ानी रहेगी और हो सके तो वहीं पर बैठ के आप लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कन्या राशि क्या कहते हैं आज के सितारे तो आज का दिन खुशखबार बीतेगा लाभ के मौके मिलेंगे किसी आज, आज आपका पैसा असरदार जो आपके भविष्य में काम है उसके ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा जीवन आज, आज आपकी नई दिशा की ओर एक मोड़ लेगा यात्राएं होंगी जमीन जायदाद के कागजों और दस्तावेजों के प्रति आपको सजग रहना रहेगा वही कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले भी आपको आज थोड़े से परेशान करते हुए नजर आएंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा भाग्य का प्रॉपर साथ आपको मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये गोल्डन रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तुला राशि के जात को तीस जुलाई का राशिफल क्या कहता है आपके लिए तो आपके लिए आज का दिन बड़ा एक्टिव रहने का साहब दिन है पैसों की समस्या से यदि अभी तक आप जो है जूझते आ रहे तो आज आपको आर्थिक पक्ष से क्या कहते हैं लाभ ही लाभ दिखता हुआ जो है दिखाई पड़ रहा है कोई नया व्यापार पार्टनर के साथ शुरू कर सकते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई जो परेशानियां आपकी अब तक चली आ रही हैं ये खत्म होती हुई दिखाई दे रही किसी खास व्यक्ति से परिचय होगा बिजनेस में फ़ायदा पहुंचेगा किसी खास चीज़ के गुम होने का भी आज आपको दुख हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास ये करिएगा कि शिवलिंग पर आपको दही से अभिषेक करना रहेगा और रुद्राष्ट अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच वृश्चिक राशि के जात को आज के दिन थोड़ी सी मेहनत आप लोग अधिक करिएगा तब आपको यथेष्ट फल की प्राप्ति होगी अच्छे व्यवहार से नए दोस्त बनेंगे और नए प्रोजेक्ट पर आज आपके कोई काम की शुरुआत हो सकती है ऑफिस में कुछ खास परिवर्तन होंगे व काम आज आपके बनते हुए नजर आएंगे आज भागम भाग भरी दिनचर्या आपकी रहेगी दौड़भाग का दिन है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आकर के कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं जीवन साथी के साथ भी आनंद का समय आपके लिए बीतेगा आपको उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर आज कोशिश ये कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नाम का आपको पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो आज पीपल के वृक्ष पर जल में गोड़ डाल करके जो है अर्पण करिए शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये अंक 8 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा धनुराशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ेगी किसी अनुभवी व्यक्ति से आज, आज आप लाभ उठा सकते हैं आज आपका पैसा अधिक खर्च होगा जीवन आज आपकी एक नई दिशा में मोड़ लेगी प्रॉपर्टी के तमाम मामले आज, आज आपके हल होते हुए नजर आएंगे इसके साथ साथ जो धनुराशि के हमारे जातक हैं यात्राओं का योग बन रहा है और ये यात्राएँ सफल रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक बार आप लोग जाप करिए किसी कार्य पर निकलने से पहले आज एक हल्दी अपने जेब में रख करके तब निकलिएगा शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच मकर राशि के जातकों छोटे मोटे झगड़े झंझटों का आज का दिन रहने वाला है आज आप अपनी सूझबूझ से जल्द ही किसी परेशानी में पड़ेंगे लेकिन अपनी सूझबूझ से बाहर आएंगे बढ़ते खर्च पर आज आपके लगाम लगेगी मेहनत आज आपका बहुत अधिक रहेगा और लाभ भी आज आप अच्छा गेंद करते हुए नजर आएंगे आज पत्नी पक्ष से लेकर के कुछ आपको जो है चिंता करनी पड़ सकती है आप लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए हनुमान जी के सामने तिल के तेल का एक दीपक जला करके रखिए शुभ कलर जो रहेगा यह आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा 4 तो हमारी जो अगली राशि आती है यह आती है कुंभ राशि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो ऑफिस में आज आपके काम धीरे धीरे रहेंगे लेकिन आज आपको फायदा बड़ा मोटा होगा पूर्व में जो आपने निवेश अब तक किए थे आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी को यदि आपने धन दिया होगा आपको मिलेगा पढ़ाई दिखाई में यदि आपका मन नहीं लगता था तो आज आपका मन लगेगा मेहनत से आज किए गए कार्यों को आपको बड़े अच्छे नतीजे मिलेंगे ऑफिस में आज आपका कोई नया सहयोगी बन सकता है जो आपके काम जो हाथ बटा आपके काम में हाथ बटाता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर कोशिश ये करिएगा कि आज आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी को आज बेसन से बना हुआ कोई मिठाई अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि कैसा रहेगा दिन तो आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है मनोरंजन के तमाम सुख आपको प्राप्त होते हुए नज़र आएंगे खाने पीने का खा प्रोग्राम आज आप व्यवस्थित तरीके से रखिएगा आज कोशिश कीजिएगा कि वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना रहेगा वहीं आज आपकी संतान से आपकी तो तू हो सकती किसी जिद के कारण आप कोई उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह दिला सकते हैं आज आपका पैसा अधिक खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो जो हमारे मीन राशि के जातक हैं इनको शिवलिंग पर आज जाना है और जल में शहद डाल करके फिर अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा अंक छः आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा तो ये तो था हमारा मेस से लेकर के मीन राशि तक के राशिफल का हाल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार